हाँ हम आज बगला के दरबार में उपस्थित हुए हैं बगला मंदिर पूरे भारत में मशहूर है और यहाँ यात्रियों की दर्शनार्थियों की हमेशा बड़ी भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में मनुष्य यात्री लोग दर्शनार्थी यहां आते रहते हैं अब आपको ये जो शिखर दिख रहा है मंदिर का ये शिखर है और ये जो आ, शेर का मुख है ये मुख ऐसा दरवाज़ा है जिस दरवाज़े से लोग बाहर निकलते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं बहुत से दर्शनार्थी यहाँ खड़े रह करके अपना फोटो खींचवाते हैं और वो फ़ोटो बड़ा शानदार होता है ये ये जो शेड है लगा हुआ इसमें ये बहुत बड़ा शेड है अभी नया बनाया है ये और सरकार इसके लिए काफ़ी धन खर्च कर रही है हाँ तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारे जमुई विनीत कुमार जी गोयल और हमारे पुत्र डॉक्टर दयाराम आलोक के पुत्र अनिल कुमार राठौर हैं अब हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं और ये देखो सामने जो नज़र आ रही है एक शिला लेख है ये शिला लेख हम देखते हैं कि ये ए, क्या है और ये किस में यहाँ पे लगवाया है अब इसके पास में जाकर के हम ये देखते हैं कि ये शिलालेख में लिखा है साहित्य मनीषी समाजसेवी डॉक्टर दया राम जी आलोक के आदर्शों से प्रेरित पुत्र डॉक्टर अनिल कुमार राठौर दामोदर पथरी चिकित्सालय शामगढ़ के द्वारा माँ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में निर्माण एवं सीमेंट बेंच हैतू इक्यावन हज़ार रुपये का दान समर्पित सन 2022 हजार जिस प्रकार से हमने ये देखा कि ये श्री पीतम्बरा देवी के नाम से भी इनको आ, देवी को जाना जाता है और बगला मुखी का नाम भी इसमें माना जाता है तो ये आप देख रहे हैं हमारा जो वीडियो हम बना रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर पूरा मंदिर का दृश्य कवर करने की कोशिश की गई है और इसमें ये देखो आप सब यात्री हो हमारे परिवार के ये सब व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं और परिवार का पूरा दृश्य इसमें दिखाई दे रहा है ने प्रकार से ये पूरा मंदिर का दृश्य हमने आपको बताया और ये अब हम आपसे विदा लेंगे और यहाँ के जो प्रबंधक हैं श्री गवली जी विनोद जी गवली उनका नाम है और उन्होंने अपने प्रयास करके और यहाँ पर हमारी नेम प्लेट लगवाई है और तहसीलदार साहब श्री पारस जी का भी हम धन्यवाद आभार मानते हैं के उनकी कृपा की वजह से ही हमें आज ये हमारी शिलेख लगाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है धन्यवाद धन्यवाद आज देखो बंद करो बंद करो कैसे बंद होता है।